आज हम बात करेंगे सोलिनसी फैमिली का सोलेनम इंडिकम इसको बड़ी कटेरी के नाम से भी आप लोग जानते होंगे और बड़ी भट्ट के नाम से जाना जाता है सफ़ेद फूल इसके अंदर होते हैं और इसके जो पत्र होते हैं उसके कांटे होते हैं इसके अंदर इसके जो पत्र होते हैं वो बैंगन जैसे भी दिखते हैं क्योंकि बैंगन भी इसी फैमिली का है और इसके विभिन्न प्लांट पार्ट यूज़ किए जाते हैं जैसे कि इसकी जड़ जड़ की छाल पत्र इसके जो आप देख रहे हैं इसके फल इसके बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं इसमें दो मुख्यतः एल्कलाइड पाए जाते हैं सोलेनिन और सोलेनिडाइन इसके अलावा इसमें कई फैटी एसिड्स भी होते हैं जो कि हमारे बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन में और रेमिडिएशन में लिवर रेमिडिएशन में हेल्प करते हैं अब हम इसके अगर यूज़ की बात करें तो अर्शक अर्श का अगर कोई पेशेंट है जिसको अर्श है तो उसको हमें ये जो फल हैं इसको सुखा के रख लेना चाहिए और उसकी धुनी देनी चाहिए धीरे धीरे अर्श में विशेष लाभ करता है जीण कास की अगर समस्या हो तो इन्हीं फलों को काट कर सैधा नमक मिलाकर खाने से पुराने से पुराना कफ निकल जाता है बेहूसी की समस्या हो तो इनके बीज सूट और छोटी पिपली का महीनचूर्ण बनाकर फूक देनी चाहिए धीरे धीरे छींक करके पेशेंट खड़ा हो जाता है और बेहोशी की निद्रा से बाहर आ जाता है और आश्मरी की अगर समस्या हो तो इसी पौधे की जो जड़ होती है उसको मीठी दही में पीसकर दिन में दो से तीन बार एक सप्ते तक लेने से हर प्रकार की आश्मरी खासतौर से किडनी की जो आशमरी है उसमें विशेष लाभ करता है वमन की समस्या हो तो इसके पत्र का सोरस अदरक के सरश के साथ मिलाकर पीना चाहिए यह एनालसिक का कार्य भी करता है पेन किलर का कार्य करता है और अगर सिर का सूल हो सिर के सूल का चाहे वो माइग्रेन के कारण हो या साइनस की समस्या होती है साइनोसाइटिस जिसको कहते हैं उसके कारण अगर सिर का दर्द भी हो तो इसके जो फल हैं उसका हमें पेस्ट बनाकर सर में लगाना चाहिए सर सूल में लाभ करता है और पत्र का सोरश बना शहद मिला कर पीना चाहिए फ़ायदा करता है सिर में यह गर्भ गर्भस्थापक भी है कंसीविंग में हेल्प करता है इसका पूरे प्लांट का पंचांग के सेवन करना चाहिए और नेत्रों की अगर समस्या हो तो इसके सोरश का पत्र का सोरश हमें लेकर उसमें हमें धीरे धीरे उसको हमें अप्लाई करना चाहिए अंजन बनाकर लगाना चाहिए नेत्र की हर प्रकार की समस्या दूर हो जाती है और अगर शूल की समस्या हो उधर शूल हो क्योंकि यह है वात का समन करने वाला होता है तो उधर शूल में भी विशेष लाभ करता है त्वचा संबंधित अगर रोग हो, तो इसके फूल फल और पत्र का पेस्ट बनाकर लगाना चाहिए त्वचा के सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं इसकी जो गर्भस्थापक प्रॉपर्टी होती है यह एमिना गो प्रॉपर्टी होने के कारण होती है यह फीमेल हार्मोन को रेगुलेट करती है और गर्भ स्थापना में सहायक होती है पुराने से पुराना अस्थमा हो तो इसके पूरे प्लांट का पंचांग बनाकर पंचांग का क्वाथ बनाकर हमें सेवन करना चाहिए अस्थमा में भी विशेष लाभ करता है फिर मिलेंगे नए प्लांट के साथ आप अपनी जो शंकाएँ हैं वो हम तक भेज सकते हैं और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए